महर विधायक नारायण त्रिपाठी ने बिजली विभाग की समस्याओं को लेकर एक बार फिर बड़े जन आंदोलन की चेतावनी दी है नारायण त्रिपाठी ने कहा कि बिजली विभाग के कर्मचारी अधिकारियों की उदासीनता की बदौलत बिजली बिलों का फर्जी भुगतान किया गया है वहीं आम जन किसान व्यापारियों की कमर टूटती जा रही है कर्मचारी बिना मीटर रीडिंग के मनमाना बिल लोगों को भेज रहे हैं विधायक नारायण त्रिपाठी एक बार फिर आमजन की समस्या को लेकर मुखर हो गए हैं विधायक त्रिपाठी ने कहा आमजन की मीटर खपत दस यूनिट है मीटर रीडिंग 10 यूनिट बता रहा है लेकिन बिल उसके घर में 300 यूनिट का भेजा जा रहा है। जब उपभोक्ता फर्जी बिलिंग की शिकायत करने अधिकारियों के पास पहुंचता है तो अधिकारी उन बिलों की सत्यता की परख तो कर लेता है किंतु उसे कम करने या सुधार करने का अधिकार न होने की दुहाई देकर विदा कर देता है ऊपर से वह फर्जी बिल जमा न होने पर कनेक्शन काट दिया जाता है जिससे क्षेत्र के आमजन के बीच बिलों को लेकर दहशत का, का माहौल है किस दिन कितना बिल घर आटपकेगा किसी को नहीं पता उन्होंने कहा राजधानी की तरह विंध्य और बुंदेलखंड में भी बिल सुधारे जाएं समस्या हल नहीं होने पर बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा